अगर मैं कहूं कि आपको कि WhatsApp पे आप बिल्कुल 50 आदमी को एक साथ में वीडियो चैट पे ले सकते हो बिल्कुल वो भी इजीली तो क्या आपको यकीन आएगा असंभव जी नहीं इसमें असंभव वाली कोई बात नहीं है ये एक WhatsApp का न्यू फीचर आया है अगर आप अपने WhatsApp को अपडेट करोगे तो आप साइड में यहाँ पे देख सकते हो कॉल में जाने के बाद आपको एक क्रिएट कॉल लिंक का एक ऑप्शन मिल रहा होगा यहाँ पर आप सीधा टच करोगे तो आप सीधा एक लिंक आपका जेनरेट होगा ये लिंक जनरेट होने के बाद आप यहाँ पर लिंक को चाहे कॉपी करो या फिर लिंक को कहीं पर शेयर करो ऐसे शेयर करके आप अपने काफी सारे लोगों को एक साथ में इनवाइट कर सकती हो वीडियो अगर मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक करो और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना नहीं, अरे कर दो यार